आज की इस वीडियो में हम बहुत मोटिवेशनल बातें करेंगे तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें याद रखना ज़िंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदि मत बनाना क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है बात याद रखना बड़ा बेहतरीन शेयर है चिरागों से ना पूछो कि बाकी तेल कितना है ना ही सांसों से पूछो कि बाकी खेल कितना है पूछो तो सिर्फ कफन में सोए हुए इंसानों से अमल अगर ज़िंदगी में हो कबर में चैन कितना है बात याद रखना अगर लोग आपको कबूल नहीं करते तो मायूस मत होना मायूस मत होना लोग अक्सर वह चीज़ छोड़ देते हैं जिनकी कीमत वह नहीं दे सकते बात याद रखना मर्द की कामयाबी के पीछे मां के सिवा कोई दूसरी औरत हो ही नहीं सकती क्योंकि दूसरी औरत एक कामयाब मर्द ढूंढती है बात याद रखना एक बात और याद रखना औरत अगर मां है तो अहतराम कीजिए बीवी है तो मेरे भाई इज़्ज़त दीजिए और बहन है तो शफकत कीजिए और अगर बेटी है तो मेरे भाई फख्र कीजिए बात याद रखना एक बात हमारी याद रखना वालदान पर इतना यकीन रखो माँ बाप पर आप इतना यकीन रखें जितना आप दवाओं पर रखते हैं मेरे भाई थोड़े कड़वे ज़रूर होंगे लेकिन तुम्हारे फ़ायदे के लिए होंगे बात याद रखना ऐ सोए हुए गाफिल इंसान गफलत की नींद से जाग तुझे यहाँ से आगे सफर पर जाना है रवाना होना है जो करना है मेरे भाई अपने हाथों से कर ले इस दुनिया में रहकर अगली दुनिया का सामान तैयार कर फिर ख़बर में ऐसी नींद सोना मेरे भाई कि तुझे करवट तक नहीं लेनी पड़ेगी करवट तक नहीं बदलनी पड़ेगी मुसाफिर तुझे ऐसी जगह जाना है जहाँ से पलटकर कभी नहीं आना बात याद रखना मेहनत को एक नशा बना लो मेहनत को एक नशा बना लो फिर देखना ये नशा आपको एक दिन कामयाबी का दीदार करा देगा बात हमारी याद रखना लोगों को फ़ायदा ना पहुंचा सको तो मेरे भाई नुकसान भी ना दो खुश ना कर सको तो मेरे भाई गमजदा भी मत करो तारीफ ना कर सको तो मेरे भाई याद रखना ईबत भी ना करो एक बात हमारी याद रखना आप किसी को भी ज़बरदस्ती दो कामों के लिए मजबूर नहीं कर सकते एक मोहब्बत दूसरा इबादत दोनों मेरे भाई दिल से होते हैं और दोनों का ताल्लुक दोनों का रिश्ता मेरे भाई रूह से जुड़ा होता है बात याद रखना हमारे बाबा जी कहते हैं के तालीम हर किसी का हक हाँ है तालीमर किसी का हक हाँ है एजुकेशन हर किसी का हक हाँ है लेकिन ज़दा पढ़कर दूसरों का हक हाँ न मानना बात याद रखना जिंदगी मुसलसल जिद्द जहद और जस्तजू का नाम है क्योंकि अल्लाह हर परिंदे को मेरे भाई रिस्क देता है मगर उसके घोसले में नहीं डालता बात याद रखना बड़ी बेहतरीन शायरी है इबादतों का अकाउंट भर के रखना इबादतों का अकाउंट भर के रखना बगैर कैश कोई ए टी एम नहीं चलता अमल के नोट कफन में सी के रखना वहाँ सिफारिशों का कोई पेटीएम नहीं था। एक बात हमारी याद रखना इंसान परेशानियों की गिनती करने का माहिर है इंसान परेशानियों की गिनती करने का माहिर है लेकिन न्यामतों का हिसाब रखना भूल जाता बात याद रखना जब छोटे थे तो बातें भूल जाते थे और सब कहते थे कि याद रखना सीखो जब छोटे थे तो बातें भूल जाते थे और सब हमसे कहते थे कि बातें याद रखना सीखो अब बड़े हुए हैं तो हर बात याद रहती है और सब कहते हैं कि भूल जाना सीखो बाहर ज़माना अच्छी बात आज की अच्छी बात अल्लाह की देखो चार रहमतें हैं जो इंसान से बर्दाश्त नहीं होती नंबर एक बेटी नंबर दो मेहमान नंबर तीन बारिश नंबर चार बीमारी और अल्लाह के चार अजाब हैं जो इंसान खुशी से कबूल कर लेता नंबर एक बीवी का जहेज ले लेता नंबर दो सूद खाता नंबर तीन लोगों की बतें करता नंबर चार झूठ बकता इस जबान से एक बात और याद रखो मसला पता ये नहीं है कि हक कहने वाले क्राम ख़त्म हो गए हक कहने वाले वमय कराम ख़त्म हो गए मुश्किल ये है कि हम सिर्फ अपनी मर्ज़ी का हक़ सुनना चाहते हैं बात याद सच तो ये है कि लोगों को बस खाली शक्लें और पर्सनैलिटी ही पसंद आती हैं किरदार का आज तो कोई अचार भी नहीं डालता बात याद रखना चार दिन गायब हो के देखो कि लोग आपका नाम तक भूल जाएंगे। इंसान सारी ज़िंदगी इस धोखे में रहता है कि वह दूसरों के लिए बहुत खास है हालांकि हकीकत यह है कि आपके होने या ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता सब मतलब के होते हैं मेरा भाई बात याद रखना किसी को माफ़ करके अच्छा बन जाओ मगर दोबारा एतबार करके बेवकूफ़ ना बनो